हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेब बॉस में तो दोस्तों रिएक्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में ठीक है तो चलिए दोस्तों अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं अब दोस्तों हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कम्पोन फंक्शनल कम्पोनेंट को यूज करना ठीक है तो सबसे पहले हम जो है इंटरनल कम्पोनेंट बनाएंगे ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट इंटरनल बनाएंगे मतलब जो पेज के अंदर ही होता है ठीक है और फिर उसके बाद मतलब एक्सटर्नल उस को इम्पोर्ट करके हम यूज करेंगे थीके? तो चलिए पहले हम इंटरनल कंपोनेट बना बना लेते हैं देखिए दोस्तों ये हमारी एप की फाइल है जिसमें हमने जस्ट हेलोवर्ड लिखा है और एक ग्रीटिंग लिखी है पैराग्राफ में ठीक है कंट्रोल इससे एक बार आपका आउटपुट दिखा देता हूँ देखिए हमारा आउटपुट है From Vibos, have a nice day, friends, ये हमने लिख रखा है अब दोस्तों हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम हाँ ठीक है यहाँ पे अब हम बनाएंगे तो पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन फंक्शन फंक्शन का नाम देते हैं अबाउट ये हमने दे दिया फंक्शन का नाम अब इसमें हम करली ब्रेसेस ले लेते हैं पहले हाँ अब इसमें हम रिटर्न करवाएंगे return. एक मिनट क्या हो रहा है ये ठीक है रिटर्न अब यहां पे हम लेंगे एक H2 ले लेंगे हम यहां पे H2 H2 ले लिया अब यहां हम लिखेंगे हेलो फ्रॉम अबाउट कंपोनेंट ठीक है ठीक दोस्तों हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है अबाउट नाम से ठीक है और इसमें हमने रिटर्न करवाया है हेलो फ्रॉम अबाउट कंपोनेंट ठीक है अब यहाँ क्या, क्या करना है हमको अब इस अबाउट नाम के कंपोनेंट को हमको यूज करना है अब हम उसको कैसे यूज करेंगे देखिए हम क्लास क्लास क्लास जो है हमारा ठीक है हमारा जो ऐप मतलब हमारा जो एप की फाइल है अब हमको उसको इसमें ही यूज़ करना है ठीक है तो अब हम कैसे यूज़ करेंगे अब हम इसको यूज करने का जो तरीका है काफी थोड़ा यूनिक लगेगा आपको देखिए हमको ब्रैकेट में लिखना है अबाउट देखिए ये हमने अबाउट लिखा अब इसको क्लोज करना है और ग्रेटर देन ठीक है दोस्तों इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं ठीक है अब देखिए कंट्रोल सेव से करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हेडलोफ फ्रॉम About component, ठीक है दोस्तों कैसे किया हमने चलिए एक बार मैं आपको फिर से समझा दूँ दोस्तों देखिए पहले हमको कंपोनेंट बनाना है ठीक है ये फंक्शन कम्पोनेट है फंक्शन क्या तो आइडिया आपको हो गए ठीक है अब कम्पोनेंट को कॉल करने का तरीका रिएक्ट में इस तरीके से उसका एक टैग बन जाता है HTML की तरह आपने देखा होगा HTML में एम तरीके के टैग होते हैं तो टैग की तरीके से आप उसको यूज करते हैं देखिए दोस्तों ठीक है इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं और इसको यूज करने का एक और तरीका है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं ठीक है देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग टेक के रूप में भी आप इसको कंट्रोल से सेव करेंगे जैसे हम ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं हुए ठीक है तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं बट दोस्तों मोस्ट प्रेफर करने वाला तरीका यही है जो हमने यूज़ किया था पहले यही जो है रिकमेंडेड वे है और मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है इस तरीके से ही इसका यूज करें ठीक है तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आप जो है आपको क्या है ना कोर थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ज़्यादा आपको समझने में भी आसानी होगी ठीक है ना तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने इंटरनल फंक्शंस का यूज़ करते हैं ठीक है अब दोस्तों बात आती है एक्सटर्नल फंक्शन की एक्सटर्नल फंक्शन कंपोनेंट की ठीक है अब हम क्या करेंगे एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे उसके थ्रू हम अपने कंपोनेंट को यूज़ करेंगे ठीक है दोस्तों एक मिनट एक चीज़ रहेगी इसमें मैं आपको बता दूँ बतानी रहेगी एक चीज़ ठीक है देखिए अभी यहाँ पर हमने हेडिंग ले रखी है ठीक है अब हम चाहते हैं हम एक और पैराग्राफ यहाँ पर ले ठीक है अच्छा हो याद आ गया काफी है ये हाँ। पे, जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एयर दिखाई देगा तो में क्या लिखा हुआ है? आप है। आपको पढ़ना है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप एक कोड अगर लिखते हो ठीक है आप अगर एक कोड लिखते हो एक लाइन ऑफ कोड लिखते हो या एक टेक का यूज करते हो आप तो आप रिटर्न में उसको आसानी से दोस्तों अगर आप एक लाइन का कोड लिखते हो ठीक है तो आप उसको आसानी से रिटर्न करवा सकते हो लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन का कोड लिख रहे हो या मल्टीपल वैल्यूज हैं उसमें तो आप उसको एक एलिमेंट में रैप करके ही उसका आउटपुट करवा सकते हो आप ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पे ड्यू ले लिया ठीक है ये ड्यू ले लिया हमने एक मिनट ये हमने ड्यू ले लिया अब हम क्या करेंगे अपना सारा कोड जो है ड्यू के अंदर रैप करेंगे तो इससे क्या होता है दोस्तों इससे जो है हमारा कोड जो है रैप हो जाएगा एक सिंगल एलिमेंट के अंदर यहाँ इसका यही रूल है मल्टीपल लाइन के कोड के लिए ये रूल है दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना है ठीक है ना दोस्तों कंट्रोल से सेव करेंगे और अब हम ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा एर जो है वो हट चुका है दोस्तों ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है और चीज को आपको खास खास हमेशा आपको ध्यान में रखना है इसको ठीक है क्या कई बार इससे एरर आ जाते हैं और आप बिगिनर लेवल पे हैं तो शायद आपको एरर को डिबगिंग करने में इशू हो सकता है इसलिए मैं आपको कि आप अगर सिंगल लाइन का भी, तो भी ले ले, ब्लैंक टेग लिखना बेहतर है ड्यू लिखने से क्योंकि स्टाइलिंग में क्या आपको बेनिफिट होगा आप है ना ओनली ब्लैंक टेग का यूज करिए मैं आपको ड्यू रिकमेंड एक मिनट अवश्य कहा चला गया हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे है ना हम ड्यू का यूज नहीं करेंगे आप यहां पे इस तरीके से ना ब्लैंक ओपनिंग और क्लोजिंग टेक भी आप यूज कर सकते हैं देखिए ब्लैंक टेक हमने लिया कंट्रोल से सेव करके अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं है कोई एरर नहीं है तो दोस्तों ड्यू का भी यूज कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लैंक टेक का यूज करें ड्यू टेक जब हम यूज करते हैं तो हमको स्टाइलिंग में और सीएसएस करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि एक पेरेंट क्रिएट हो जाता है और ब्लैंक टेक का यूज करोगे तो इनका कोई पेरेंट क्रिएट नहीं होगा एक्स्ट्रा पेरेंट कोई भी क्रिएट नहीं होगा जिससे आपको सीएसएस में बेनिफिट होगा दोस्तों में आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिगनर लेवल पे अगर आप चीजों का ध्यान रखेंगे तो आगे जाके आप आप आप आप आप जो जो हैं हैं हैं काफी काफी काफी काफी काफी सारे सारे इश्यूज से से से से बच बच सकते सकते सकते एरर और काफी सारा बर्डन से आप बच सकते हैं। मतलब स्टाइलिंग भी करनी होगी तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं, तो आसानी कर ठीक ठीक है है दोस्तों इस चीज का आप जो है खास ध्यान रखिएगा अब दोस्तों हम, हम, तो हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट की फाइल बनाए तो फाइल का नाम जो भी रखेंगे आप तो आप फर्स्ट वर्ड को कैपिटल रखें और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि कंपोनेंट का नाम और और फाइल का नाम जो है सेम हो ठीक है यहाँ हमारे फंक्शनल कंपोनेंट का नाम है अबाउट तो हम फाइल का नाम भी अबाउट ही लिखेंगे ठीक है और ए जो है कैपिटल रहेगा मतलब जो हमारी फाइल का जो फर्स्ट नेम है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम हमारे यहाँ का जो कोड है इसको उठा के पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल एक्स ठीक है और अब में जाके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है ये यह यहाँ पे जो है हमारा पेस्ट होगा ठीक है अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों देखिए अब जो है ये एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये जो है कॉल नहीं होगा एक मिनट मैंने सेव नहीं किया आई थिंक हाँ अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल से अब हम इसको कॉल करेंगे तो अब यहाँ पर जो है कॉल नहीं होगा हमको एरर आएगा एक मिनट मैंने यहाँ से कट नहीं किया मुझे इस फाइल में भी सेव करना है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने चेंजेस किए हैं तो इसमें भी सेव करना ज़रूरी है ये हमने सेव किया है इसको भी और अब हम अपनी अबाउट फाइल में जाएंगे और इसको भी अब हम सेव करेंगे और अब हम ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा कोड कंपाइल नहीं हुआ है दोस्तों क्यों नहीं हुआ क्योंकि फाइल जो है वो अपना अपना डायरेक्शन फाइल ने चेंज कर लिया है पहले इंटरनल कम इंटरनल फंक्शनल कंपोनेंट था अब वो एक्सटर्नल फंक्शनल कंपोनेंट है अब उसकी एक पर्टिकुलर फाइल है तो दोस्तों इस केस में हमको क्या करना होता है इस केस में सबसे पहले हमको अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना होता है ठीक है तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट ठीक है ये हमने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले हमको आई थिंक ना यहाँ एक मिनट यहाँ कुछ इश्यू आ रहा है हाँ यहाँ हम लिखेंगे इम्पोर्ट React React from react. नहीं इस की लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इतना हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट ठीक है कंट्रोले इसको सेव करेंगे एक मिनट इसमोट हाँ एक मिनट ठीक है अब कंट्रोले से इसको सेव करेंगे और अब हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे ठीक है तो ब्राउजर पे जाके अब हम एक बार रिफ्रेश नहीं हो रहा है अबाउट इज नॉट डिफाइंड jsx और अनिफाइन सर्च की वोर्नल मोर अबाउट को सच एरर एक मिनट दोस्तों कुछ एरर अच्छा हमने दोस्तों हमने यहां पे इंपोर्ट नहीं किया है इस वजह से इशू आ रहा है एक मिनट हमको यहां पे इंपोर्ट करना है हमने एक्सपोर्ट तो कर लिया पर हमने यहां पे इंपोर्ट नहीं किया था ठीक है ये हमने अबाउट को इंपोर्ट किया ठीक है अबाउट फ्रॉम कहां से तो हम यहां से अबाउट में से ठीक है अबाउट ठीक है अब यहाँ सेमी कॉलम देना है, है हमको अब हम इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और अब हम ब्राउजर स्क्रीन पे जाएंगे और अब हम इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करेंगे तो एक मिनटे अनएक्सपेक्टेड टोकन हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक्चुअली क्या इशू हो गया था हमने जो फाइल बनाई थी अबाउट इसमें हमने लास्ट में डोट जे का एक्सटेंसन लगाना भूल गए थे जिसकी वजह से जो है हमारा फंक्शन वर्क नहीं कर रहा था ठीक है तो फाइनली हमने डॉट जे लगा दिया है देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ ये हमने अबाउट ये हमने फंक्शनल कम्पोनेट बनाया अबाउट नाम से ठीक है और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट कर दिया है अब एप में जाके हमने इसको इम्पोर्ट किया है इम्पोर्ट अबाउट फ्राम अबाउट ठीक है तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको इम्पोर्ट कर लिया है ठीक है दोस्तों और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे देखिए इसमें हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिख रखा है ठीक है एक मिनट सॉरी हेडिंग टू लिख रखी है इसमें आपने हेडिंग टू और एक पैराग्राफ लिख रखा है ठीक है और अब हम ब्राउजर पर जाकर देखेंगे तो देखिए दोस्तोंड फ्राम अबाउट कम्पोनेंट हवा लो तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है एक्सटर्नल कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों एक चीज़ जो आती है कि मान लीजिए आपको कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज करना हो ठीक है ये अबाउट कंपोनेंट जो है हमारा इसको हम एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसको अब आप जितनी बार यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं कंट्रोल सेव से किया और अब ब्राउजर पर जाके देख सकते दोस्तों आप जितनी बार कॉपी करेंगे उतनी बार जो है आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है इसमें जो हम एक एक और इसमें मेन कॉन्सेप्ट है काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला सॉरी यहाँ पर इम्पोर्ट वाला ठीक है जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ये ये हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे क्यों लिखा दोस्तों उसको आप यहाँ पे लिखने की जगह आप ऊपर भी लिख सकते हैं ठीक है देखिए एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ये हमने इसको डिलीट कर दिया ठीक है अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही हम एक्सपोर्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट Export फंक्शन अबाउट ठीक है यहाँ हमने लिख दिया कंट्रोल सेव करेंगे लेकिन अब यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिस तरीके से चेंजेस हुए यहाँ पे भी चेंजेस होगा अब आपको जो आपका कम्पोनेट है उसको कर्ली ब्रेशस के अंदर असाइन करना होगा सॉरी करली ब्रेशेस हाँ आपको इसको जो है अब कर्ली ब्रेशस के अंदर असाइन करना होगा ठीक है अब करली एक मिनट एक्स्ट्रा हो गया हाँ हो गया अब इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और अब ब्राउजर पे जाके हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों कोई चेंजेस नहीं हुए और ना ही कोई इसमें एरर आया है ठीक है दोस्तों दोस्तों ये कब काम आता है कर्ली ब्रेसेस वाला जब एक से ज्यादा चीज़ें आप इम्पोर्ट करोगे तो आप करली ब्रेसेस का यूज़ करोगे ठीक है और बार बार एक्सपोर्ट करने से अच्छा है आप इसको जो है जहाँ आप फंक्शन को असाइन करें वहीं आप उसको एक्सपोर्ट कर दें तो क्या होता है आपका लाइन कोड ऑफ लाइन भी बचता है और आपसे क्या है एरर की भी चांसेस कम हो जाती है क्योंकि कई बार होता है हम एक्सपोर्ट करना भूल जाते हैं नीचे एक्सपोर्ट लिखना भूल जाते हैं ठीक है ना तो इस वजह से मैं सजेशन करूंगा कि आप फंक्शन जब बनाए तो वहीं आप एक्सपोर्ट का यूज भी कर ले, ठीक है? है इससे क्या होता है? आपका कोड भी बचता है और ज्यादा आपका प्रोग्राम भी लेंद ही नहीं होता और आपसे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं ठीक है थेके? तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है अपने फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करते हैं तो यह था हमारा आज का फंक्शनल कंपोनेट का बेसिक एग्जाम्पल ठीक है दोस्तों दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों हालांकि फंक्शन कंपोनेंट पर प्रॉप्स भी होते हैं स्टेट्स भी होते हैं बट दोस्तों बिगिनर लेवल पे अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप समझ नहीं पाएंगे ठीक है दोस्तों तो धी जी करके हम आगे बढ़ेंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों अगली वीडियो में जो है हम क्लास कम्पोनेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बने रहें हमारे साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग हेवन एस्टे